हेलो डियर फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर वेल एंड आई एम सुबे और आज हम बात करने वाले हैं कि जिसके भी अभी सी टायर अटायर फर्स्ट में देखो रिजल्ट भी आ चुका था 24 नवंबर को और उसके बाद कल मार्क्स भी आ चुके हैं जिसके भी 150 के अराउंड है 150 से थोड़ी कुछ कम है जिसके वन 130 है किसी के वन है तो उसे क्या करना चाहिए उसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ठीक है ये एक क्वेश्चन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए यदि आप आपके मान के चलिए 140 के अराउंड है तो 140 फोर्टी है यदि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अभी भी आपके पास सिक्सटी डेज ठीक है ठीके? तो मान के चलिए यदि आप फाइव में से आप फोर के आस लेते आते हैं तो इसके बाद और 140 फोटी हुआ आपके तो इसका मतलब हो गया कि 540 के आसपास आप हो जाएंगे आपके पास 540 में कुछ नॉर्मलाइजेशन के 550 तो इसका मतलब है कि यदि हम प्रिपरेशन करते हैं मैथ्स के लिए तो इससे दो या तीन चीज़ें निकल कर आती हैं जिसकी जगह हम काउंट करते हैं पहली यह है होगी कि हमारी मैथ और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जो कि सी 2021 एल में बहुत कम आएगी ठीक है ठीके? और इसके बाद एक हो अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप यदि इसको वन फोर्टी से फाइव फोर्टी के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं ठीक है यदि फाइनल तो मे भी हो सकता है आपको लोवेस्ट लोएस्ट पोस्ट मिल जाए कोई भी फॉर एग्जाम्पल जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में मिल सकता है यदि कोई मिल जाएगी तो किसी न किसी, किसी जॉब के ना होने से तो बेहतर है कि कोई ना कोई जॉब हो आपके पास ठीक है तो इसका दूसरा प्रॉफिट एक हो और तीसरा प्रॉफिट है कि आपका थोड़ी और आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं अभी हमें मैथ्स की तैयारी करना है तो आप ये आपका एक प्रॉफिट ओवरऑल आपको एक ऐसा प्रॉफिट मिलेगा वो कहाँ हेल्प करेगा मान के चलिए आप इसमें अगर सिलेक्ट भी नहीं होते हैं सीजीएल टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो जो आपका सीजीएल ट्वेंटी होगा तो उसमें देखो आपकी प्री में इंग्लिस और मैथ दोनों में हेल्प हो जाएगी ठीक है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसी के साथ आपकी ए, मैथ हो जाएगी तो इसी के साथ आपकी रीजनिंग के भी हो जाएगी अधिकतर फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी फिर रहेगी आपकी केवल जीएस जीएस, फिर आपको, जीएस को आपको पहले से बहुत अच्छी आती होगी और इससे तो मतलब इसका मतलब मेरा मानना तो यही है कि मतलब चाहे हमारे वन थर्टी हमारे पास हमारे वन थर्टी मार्क्स आए हों वन आए हो वन आए तो फिर भी हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि देखो, नहीं करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा कितने करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके वन सिक्सटी है, है उसका ही हो और वन फोर्टी वाले का ना हो कि क्योंकि ऐसा हो सकता है की मैथम मान के चलिए जो टू थाउजेंड नाइनटीन वाला मैथ्स का पेपर था आपने देखा था तो पंद्रह पंद्रह तारीख का सोलह तारीख का वो तो थोड़ी मॉडरेट लेवल के थे लेकिन जो एटीन एट देखा था वो बहुत ईजी दे दिया था तो उन्होंने क्या किया था नॉर्मलाइजेशन आपने देखा ये मतलब किसी, किसी के फिफ्टी वन माइनस चले गए किसी के माइनस में फोर मार्क्स चले गए तो ऐसा देखने को मिला था मतलब लेकिन उस माइनस मार्किंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको मतलब वो इजी वे पढ़ता तो मतलब जिसके 180, 80, 190 के आसपास आए थे उसके कम नहीं हुए तो उसके बड़े ही थे ठीक है तो ऐसा भी टू थाउजेंड ट्वेंटी हो सकता है देखो एसएससी एस कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा एग्जाम अब जैसे अभी की बात कर लें कि मतलब कल मार्क्स आउट हुए हैं तो रीजनिंग तो इस बार कैसी आई सभी को पता मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मतलब इतनी टफ रीजनिंग एस में भी आ जाएगी लेकिन क्या कर सकते हैं एस एस कुछ नहीं है तो इसलिए बिल्कुल हर सेक्शन में प्रिपेयर रहें और यह सोच कर चले कि कभी भी कुछ भी हो सकता ठीक है तो मान के चलिए कि अब यह कहना है, तो है अभी तो देखो सीजीएल ट्वेंटी है उसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है की कब होगा थ्री कब होगा कब डेट आएगी कब मेन्स होगा कब क्या होगा तो इससे अच्छा है की यदि हम क्वालिफाई है लिस्ट में नाम है तो टायर सेकेंड और टायर थर्ड भी देंगे टायर सेकंड का एक्सपीरियंस भी होगा टायर थर्ड का भी एक्सपीरियंस होगा और में भी हो सकता है हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ले रहा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और यदि अच्छी मेहनत करेंगे अच्छे मार्क्स लाएंगे के तो 500, 400 तो के आसपास लेताएंगे और मतलब फाइव में आउट ऑफ फाइव हंड्रेड फोर हंड्रेड मार्क्स लेता तो अपर डिवीजनल क्लर्क की पोस्ट तो जाएगी बाकी यदि आप और अच्छे लाते हैं फोर के आसपास फाइव मार्क्स लाते हैं आउट फाइव 500 तो इसका भी प्रॉफिट आपको हुआ। मतलब कोई और अच्छी पोस्ट मिल जाएगी तो चलेगा में और आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन मदद करेगी यह समझने में कि मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना बाकी देखो आपकी वो समझदारी है लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए मेथ दीजिए बहुत अच्छी तरीका से और अपने आपके पास जितनी भी क्षमता पूरी क्षमता का उपयोग करें और देखते हैं अच्छा ही होगा ओके okay? बाय